तो हेलो व्हाट्सअप का इस कैसे हो आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज हम आपके लिए लेके आ चुका हूँ नए इंक्यूटर का बंडल और डायमंड रॉयल बैफन रॉयल के नए अपकमिंग लीक से तो अभी दिखा देता हूँ आपको हमारे फर्स्ट में क्या आने वाला है तो फर्स्ट में, oh oh में आने वाला है, वाला है? तो इस बंडल का नाम है वन है लोटस ब्लैफर बंडल तो देखने में तो काफ़ी कुछ सही लग रहा है Next turn बात कर लेते हैं वेपन रोयल में। ओ भाई ये क्या है? नहीं गन स्किन। तो इस गन स्किन का नाम क्या है? दोबारा देखने लगा। Mac 10 and flame terrier। देख सकते हैं इसके एट्रिब्यूट्स में क्या लेने वाला है? Damage plus magazine minus accuracy plus में है। तो लुक में तो काफी बढ़िया लग रही है। तो इनकी ब्यूटर का जानने से पहले चैनल को सब्स कब सब्सक्राइब वीडियो कर लाइक तो इनकी प्यूटर का और लिहाय से क्या आने वाला है तो इनकी प्यूटर में देख सकते हैं आप सभी इस बंडल का कहना है फोनिक्स जेल बंडल तो बाकी के अंदर चारों और चेक कर देते हैं तो सेकंड में आता है फोनिक्स जेल जेट बंडल तो ये भी कुछ ठीक ठाक है ये एकदम बढ़िया बंडल है और इसका नाम क्या है सिंग बंडल ये भी रोक के इसमें कुछ पावर नहीं है ये नॉर्मल भी रखा है तो इतने में तो सेम है वन इतने में है ये भी इतने बना इसमें पावर मिलती है आपको तो आप देख जब जो आपको पसंद हो तो आज की वीडियो बस इतना ही तो मिलते हैं अगली वीडियो में तो गुड बाय